लगा था ही दोनों में से हमारे को मेहरा कबार पता नहीं जब उसका मेहरा तब से सबको समझता अपनी मेहरा चांदो चलो गुप्ता जी मुँह खोलो तो देखू क्या हुआ है ओह ओह माई गोड आपके मुँह में तो लहसुन फस गया है लहसुन अगर फसता है अरे गुप्ता जी मत बोलो यार बहुत बुरा बदबू है डॉक्टर साहब चाहे लहसुन पैसे ए गाली नहीं गाली नहीं मतलब कुछ भी पैसे आप डॉक्टर आप तो आपको इलाज करना पड़ेगा हाँ भैया इलाज तो कर रहे हैं इलाज ही करने के लिए तो हम डॉक्टर बने हैं लेकिन हमको पता नहीं था कि डेंटली में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है सारा जब अपने घर जाते तो हमारे बच्चे हमसे मुँह नहीं लगते बोलते पापा आपके मुँह से बहुत बुआ रहे पर उनको कैसे बताएं कि हमारे क्लाइंट ही ऐसी आते हैं जाने भैया बहुत खतरनाक खतरनाक आते हैं पर क्या करें मजबूरी है काम है करना तो पड़ेगा अरे माय मुखला जा, जा हम तुम्हारा इलाज नहीं करें गया। <laughs> करेंगे यार भाग वीडियो को फुल वॉच करिएगा और सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि सारी वीडियो आप लोगों तक तो पहुँच जाए वा नहीं है जाएगा आप लोगों के पास करनी <laughs> तोली मम्मी आवेल हमले तुगली का ले, हम ले आ, मोली मम्मी कबावे तोरे चुगली करे झुट्टे बोले थे आ, तो आगे बतावे में हक दे ले तोली मम्मी मम्मी तो आई हाथ के बाल मोली तोली मम्मी मम्मी तो आई थी में हाथ पिला पिला का के दे दो तुम मत कही टी कर ये दे दो टमाटर दे दो आटा दे दो पुअल पीपल हम हम हमने तो ले पेब